म की खबर आगरा में यमुना पर बनेगा एक और पुल दयालबाग से पहुंचेंगे सीधे खंदौली खंदौली और पोया गांव से हो सकेगा सीधा आना जाना दयालबाग में आनंदी भैरों के पास बनाया गया है पीपो का पुल यमुना का जलस्तर बढ़ने पर पीपो को हटा दिया जाता है इस वजह से क्षेत्रीय लोगों की निरंतर मांग पर ओवर बनाने की तैयारी आगरा में दयालबाग के पास आनंदी भैरों से डेरा बंजारा बिजोली मार्ग को जोड़ने वाले यमुना नदी पर ओवरब्रिज बनने से क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में काफी फायदा मिलेगा आसपास के क्षेत्रों के 3.5 लाख लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे क्षेत्रीय लोगों के निरंतर मांग व जनप्रतिनिधियों की पैरवी के बाद राज्य सेतु निगम भी सक्रिय हो गया है सेतु निगम द्वारा 524 मीटर लंबा पुल बनाया जाना है हालांकि इसके लिए शासन से स्वीकृति नहीं मिल पाई है जबकि सेतु निगम के इंजीनियर अपने स्तर से पूरी तैयारी कर चुके हैं महानगर के दयालबाग के पास से यमुना नदी प्रवाहित हो रही है नदी के उस पार लगभग 20 गांव स्थित है यमुना के तटवर्ती गाँव के लोगों को मुख्यालय आने के लिए खंडौली का चक्कर काटना पड़ता है वही कुछ लोग आने जाने के लिए पाटून पुल का उपयोग करते हैं लेकिन वर्षा के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ जाता है ऐसे में पान्टून पुल हटा दिया जाता है लगभग तीन महीने तक नदी मार्ग से आवागमन स्थगित रहता है क्षेत्रीय लोगों व सामाजिक कार्यकर्ता आनंदी भैरों से डेरा बंजारा बिजोली मार्ग पर पुल बनाने की मांग काफी दिनों से कर रहे हैं ताकि आने जाने वाले लोग सीधे आ सके क्षेत्रीय लोगों का कहना है की ओवरब्रिज बनने से खंदौली का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा ऐसे में लगभग तीस किलोमीटर की दूरी कम हो सकेगी लागत 70 करोड़ रुपए संभावित सड़क का निर्माण 2 किलोमीटर इन गांवों के लोग होंगे लाभान्वित न्यू नगर पोइया बलकेश्वर पार्क घिसौली मदनपुर गोवर्धनपुरा धुरुबास अगलिया अविदरण पोइया बासमदा नगला महाराम द्वारिकापुरम घटवासन तरकरपुर बीरा जहानाबाद उजराई घाट मूलूपुर हाजीपुर खेरा नेरा खादर बांगर, सेहत बांगर आदि क्षेत्र के लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी